उन्स एंड प्रोनाउंस मीन्स जो आर्टिकल शब्द है मतलब जो आर्टिकल्स है वो संज्ञा या सर्वनाम को संशोधित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं देखते हैं कि अब आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने टाइप्स के होते हैं। देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स नंबर वन ए नंबर टू आर और नंबर थ्री दो इट मीन्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स now these three types of articles all are also divided in two categories number one is definite articles and number two is indefinite articles so let's see that a and an is divided into which type of articles it's indefinite articles and the an definite articles as usual now so now let's discuss each one by one so guys now see number one is a a is used with consonant words means leaving all vowel words that are a e i o u rest of the words are known as consonant words like b d f g h i j k L, M, N. That's okay. Now let's see the example. Example of a boy, a one rupee note, a European. Now here you will say, this a boy is correct. B is consonant, but one and European is consonant. how possible there is also a way which is written here but this is my duty to explain you so that you can also give me that much love and support me for making more videos so one when you speak one will sound eight sound is coming not o sound it's w sound you Just check, just you speak. Just you pronounce the word one. You will just recognize in your mind that yeah, W sound is coming. So no, W is consonant, not vowel. So we will use A. See one more thing which is also special for um articles is we should not always depend. on um the word first alphabet letter we also we should also depend upon the pronunciation of the word like here in both these cases one and european same thing happened that you should take care of the pronunciation and also the first letter of the word but sometimes what happens वहां पर ए आना होता है बट हम एन लेके आ जाते हैं क्योंकि हमने उसमें वॉवल देखा होता है बट नहीं हमें एक बार उसको बोल के भी देखना चाहिए अगर दोनों में हमारे में ओ या इ की साउंड आ रही है लाइक ऑरेंज ऑरेंज में हमारी ओ की साउंड आ रही है तो हम उसके साथ एन यूज करते हैं एन औरज अगर वहां पे वन होता तो हम ए यूज करते क्योंकि वन बोलते समय समय w के साउंड आती है जब हम वन बोलते हैं सो दाइम्स डब्लू साउंड के अमाउंट दैट्स वाई वी है नाउ एन यूरोपियन वेन यू स्पीक आउट वेन यू प्रोना प्रनाउंस यूरोपियन वर्ड द प्रनाउंसिएशन कम्स यूरोपियन नॉट यूरोपियन it's european it's the sound of yo yo y double o yo and in this w sound and this there is yo sound so y is consonant as usual so that's why we have applied here a got it now coming to next here it is an guys an as used with vowel words and vowel words you know that are a e i o u and leaving these a e i o u all rest of the words are known as consonant words which i have already told you in and one so guys in vowels let's see the example examples are an apple okay an apple an honest and an r an honest and an hour. but first think why an honest and an r in the previous line i have told you why there we have applied a with one and european The same case happen here in pronunciation, not in first letter of the word. When you speak an apple, apple a sound is coming. It's correct. But when you speak honest and r, हम हवा तो नहीं बोलते ना honest बोलते हैं हम r बोलते हैं आवो बोलते हैं and honest बोलते हैं. दोनों में हमें पहले ओ की प्रोनसी ओ की साउंड आती है ओ काउ की साउंड आती है दैट्स वाई वी है प्रनौं इज डिफरेंट दैन द राइटिंग silent That's why I have told you never depend upon the writing or also depend upon the प्रनाउंसियन um, में ये नहीं कह रही हूँ कि आप कभी भी राइटिंग पे ध्यान ही मत दो आप तो प्रनाउंसिएशन ही पे दो नो no. प्रानउंसिएशन भी उतनी ही जरूरी है जितनी हमारी फर्स्ट लेटर फर्स्ट अल्फाबेट है ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द नाउ ना दूस टू रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउ जो दो है वो हम किसी स्पेसिफिक ये पर्टिकुलर नाउन के साथ यूज करते हैं लाइक एग्जांपल द गैंज द गैंज द स्काई एंड द ताजमहल नाउ व्हाई इफ यू विल थिंक दैट व्हाई वी हैव अप्लाइड हेयर द ताजमहल द गजेस द स्काई सी these all are special monuments, name of the river and sky is one in the world. but आप ये सोचोगे ना one in the world मतलब जो द है वो केवल एक ही चीज के लिए यूज होता है नहीं कोई भी स्पेसिफिक नाम हो या कोई भी एक पर्टिकुलर चीज ही के बारे में हम लगातार बात करते हैं तब तो हम द का कर यूज करते हैं एंड तब भी करते हैं लाइक like आप बोल, जो इंडिया में या वर्ल्ड में केवल एक चीज है तब भी करते हैं आप बोलोगे आप ताजमहल ताजमहल तो उसमें सेवन वर्ल्ड ऑफ वंडर में भी है आप कहोगे बट नो no, दो नहीं है ताजमहल एक ही है दमी पीस एंड द रियल ताजमहल इज लोकेटेड इन आगरा एज ऑल चिल्ड्रंस एंड इट्स एन जर्नल ऑरेंज आगरा ताजमहल कहाँ है रेड फोर्ट कहाँ है इंडिया गेट कहाँ है चार मीनार कहा है and um, that um, yeah बे ऑफ बंगाल कहा है एंड केरला कहाँ पे है किस स्टेट केरला uh, कौन स्टेट है प्लेस है क्या है यूज केरला के साथ भी हम दो यूज करेंगे दो केरला नॉट ओ केरला द केरला द यू द उत्तर प्रदेश द पंजाब ओ पंजाब ओ पंजाब भी कर सकते हो नो इशूज बट दो पंजाब थोड़ा सा और लगता है सेम ओ पंजाब लिखते हैं एंड देन दैनज अब गैंज मतलब गंगा यहाँ पे मैंने गैंज लिखा है सी गैंज ऑल्सो मीन्स गंगा गैंज मीन्स गंगा now ganga is a specific name of the particular noun the name is given that's why we have applied here the in all the cases okay now coming to next exercise 1 now here there is an exercise given to you which you need to fill it out in 1 minute here i will start this timer and after 1 minute it will start playing a voice but i am muting the voice instead of i have done something else so complete this fill in the blanks using a an and the it's very much easy jo abhi humne padha hai ussi basic pe hai so your time starts now Uh, मैं आप सभी के लिए सेंटेंस पढ़ देती हूँ आई वॉन्ट टू आस्क डैश क्वेश्चन इट इज डैश नाइज डे टूडे मोहिनी वर्क इन डैश ऑफिस डैश मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड शी वर्क इन डैश फैक्ट्री देयर इज डैश यूज स्टैची ऑफ रानी लक्ष्मी बाई एट द स्क्वायर years years is dash inspiring story where is dash statue of liberty situated he belongs to dash different school of thought do you know where dash library is now i have read all the questions uh, and there is now only 10 seconds left 6 5 4 3 2 1 And it's time up. Now let's see the answer. The solution is. I want to ask a question. It is a nice day today. Mohini works in an office. A man was crossing the road. She works in a factory. There is a huge statue of Rani Lakshmi Bai at the square. you uh, yours is the uh, yours is an, an inspiring story where is the statue of liberty located he belongs to a different school of thought do you know the library is bahut easy hai aap yahan pe acha 10th wale mein sab puchhenge the kyun aap ye likhoge a library and no a library nahi the library as they, they have given the specific name of the place so that's why we have applied the now here also some sentences are given to you now you want uh, you have to tell that are they right or wrong so here also you have 1 minute to complete it you first completed i am here and when after 1 minutes completed i will show you the solution just try it out i am not speaking as i don't want you to disturb that's why i am playing a fair game it's a type of game you can play I hope you are trying to do it. There is only ट्वेंटी seconds left. Try to do it fast. It's not that much difficult. एंड इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी है जो मैंने जस्ट आपको समझाया है A वाले सेक्शन में it's time up it's time up guys i have to show you the answer no problem agar aapka nahi hua hai abhi aap usko ke answer mat dekho just aap questions pe notice karo now here is the european or o european i have uh, right now told you an A, a1 slide जो हमने ई की के बारे में जिस स्लाइड में हमने पढ़ा था उसमें मैंने ये बताया था और यूरोपियन क्यों यूरोपियन में जब हम बोलते हैं तो उस टाइम पर यो यो मीन्स वाई डबल ओ यो की साउंड आती है सो दैट्स वाई हम उसके साथ का यूज करते हैं यो साउंड इमिंग फ्रॉम सॉरी थोड़ा सा इसमें राइटिंग प्रॉब्लम है दैट्स वाई बिक यू डोंट नो डू यू लाइक बट इट्स ऑलरेडी करेक्ट इट्स एन सिंपल स्टेटमेंट कि आपको पसंद है कि नहीं आर्ट इज द वंडरफुल सब्जेक्ट और आर्ट इज अ वंडरफुल सब्जेक्ट अ वरफुल आई वॉन्ट टू ड्राइव यहाँ पर कुछ नहीं था और जहाँ पर हम ये भी बताना था कि जहाँ पर कुछ भी नहीं और वहाँ पर आना चाहिए हम वहाँ पे भी लिख सकते हैं तो यहाँ पे एज अ क्वेश्चन मार्क में लगा रही हूँ but वहाँ पर कुछ नहीं हो इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है अदरवाइज आप इस क्वेश्चन में नोटिस करेंगे कि यहां पर कुछ भी नहीं है आई वॉन्ट टू ड्राइव कार है ओनली सो दी इट्स द एपल एवरी डे और एन एप्पल इट्स एन एप्पल आई नीड अ वॉटर इसमें आप यह भी देखना था कि एक कि यह सेंटेंस में कहीं कोई गलत आर्टिकल तो नहीं है कि इसमें आर्टिकल का यूज ही नहीं होना एंड आर्टिकल फिर भी जबरदस्ती लगा दिया सो इन दिस केस दैट वॉज दू हमें इसमें आर्टिकल नहीं लगाना था क्योंकि वैसे ही वो एक सिंपल स्टेटमेंट बनता आई नीड वॉटर मुझे पानी चाहिए इट्स एन सिंपल सेंटेंस हु इज द मैन इट्स ऑलरेडी करेक्ट कौन है मैन सिंपल क्वेश्चन है सॉरी राधा हैज गॉट यहाँ पे कुछ नहीं था इसलिए अ न्यू मोबाइल फोन बट इट इज नॉट एन एंड्रॉइड फोन शुड आई टेक एडमिशन इन टू अवर्सिटी और एन यूनिवर्सिटी हे विल बी अवर्सिटी एज यूनिवर्सिटी यूनि यू यूनिवर्सिटी में तो आ रहा है बट यूनिवर्सिटी के साथ एन बोलते समय नहीं अच्छा लगता an university no or university or a college after completing my high school all all committee members have arrived at on decision or all the committee members have, a, have arrived at on decision so all the committee members okay now here i have prepared some quiz so it's quiz time i have prepared some quiz for you See, I uh, I will tell you the rules of this quiz. Here will be a question given to you, and here will be the timing of only thirty seconds. Okay. Now you need to complete this question, and there will be three options given. You need to complete this, uh, this. क्वेश्चन इन थर्टी सेकेंड आई विल शो यू दूल सी दाउ मच यू हैव डन करेक्टली एंड लर्ड एंड अगर आपको नहीं आता तो आप वीडियो रिवाइंड कीजिए एंड दोबारा ट्रैक टू अंडरस्टैंड एंड नहीं होता तो आप अपनी नोटबुक पे लिखिए जो मैं पढ़ाया है और खुद कोशिश कीजिए समझने की तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे ओके नाउ योर टाइम स्टार्ट नाउ एंड क्वेश्चन है डैश वन आइड मान इज नॉट एलिजिबल टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस नाउ यू न्यू नीड टू सी एन द और ओ विच इज द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ए हाउन डब्लू साउंड इज कमिंग विद वन दैट्स वायव ऑल्सो टोल्ड यू इन ए वन स्लाइड ए की जब हम ए के बारे में पढ़ रहे थे उस स्लाइड में भी मैंने आपको बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पहले आपका थोड़ा टाइम आएगा सॉरी देन माई फादर इज डैश ऑनेस्ट मैन ये बहुत ईजी है आई वॉन्ट एवरी वन टू बी नाइस विद नाउ डीज आर द ऑप्शन एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ माई फादर इज डैश ऑनेस्ट मैन ये बहुत ईजी है एंड ये तो इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए अगर आप सेवेंथ या सिक्स क्लास में हो या फिफ्थ में हो अगर होती है तो इसका मतलब आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में कुछ पढ़ा ही नहीं है क्योंकि उसमें आपको आर्टिकल से समझाते है एंड ये बहुत इजी है बेसिक है फाइव फोर थ्री टू वन सो योर टाइम्स आप एंड द करेक्ट आंसर इज एंड वाई Honest, O sound is coming. H is silent. That's why an. Now the next. Here is the question for you. The dash man with a golden pen. Dash man with a golden pen. Here are the options, and this your time starts now. ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है इसमें हम दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए आप टू ऑप्शंस एट टेन सेकेंड आई विल गिव यू एन हिंट फॉर दिस सो द हिंट इज द और अ अट आन द आन को आप इस वाले में कट कर दो नाउ ये बस बसवा रहेगा सॉरी And the एंड द टाइम्स ऑफ एंड मैके कट कर okay. Now the correct answer is the. Why? Guys द starting है ये sentence की तो आप मानोगे a man with a golden pen और दो मैन with a golden pen बोल के भी देखो सेंटेंस मीनिंगफुल बन रहा है या नहीं केवल लिखने पे ध्यान देना है नो no. बोल के भी देखो जैसे आर्टिकल्स भरते हो वैसे भरना है इसको भी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर फॉर यू सॉरी इट्स द सेम क्वेश्चन वेट सॉरी इट्स And slide back स्लाइड बैक में ओके द नेक्स्ट Okay, इज टैश मैन ओके गेर वॉज एन इशू दट वाय दे वर नॉट शोइंग द फिफ्थ वन टैश ताजमहल a लाइक्स and your options are this. दिस तो ultra ultra easy है दो second मैं इसके लिए आपको केवल ट्वेंटी सेकंड्स दूंगी नो no मोर ट्वेंट आफ्टर ट्वेंटी क्योंकि इससे डिफिकल्ट इससे इजी मैंने नहीं देखा इट्स अल्ट्रा अल्ट्रा इजी, देर इज ट्वेंटी सेकंड्स फॉर यू 5 4 3 2 1 stop time's up the correct answers the taj mahal because taj mahal is single and it's very much beautiful has all likes it that's why i have written here the taj mahal looks like a jannat एंड जस्ट मैंने अभी द में द्लाइड द समझाते हुए मैंने स्लाइड में आपको बताया था कि जो द है वो ताजमहल के साथ क्यों लगा क्योंकि ताजमहल एक है और सेवन वर्ल्ड ऑफ वंडर में दैट्स द डमी दैट्स वाई सुना होगा and and thank you guys and one more thing for you all if you like my video so please like share subscribe and also don't forget to press the bell icon button and subscribe my channel not yourself okay and stay safe stay home and stay happy and also वन लिटल एडवाइस फॉर यू गाइस इज आज कल जितनी भी डेथ्स हो रही हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन लेने में हो रही है सो आई सजेस्ट यू कि आप सब एंटरटेनमेंट के शो देखें कॉमेडी शो देखे एंड बहुत कम न्यूज़ देखें ताकि आप अपना माइंड केवल हैप्पी रखें घर पर रहें सारे प्रिकॉशंस मास्क पहने सेिटाइजर यूज करें सोशल डिस्टेंसिंग करें एंड थोड़ा कोरोना वायरस के बारे में कम सोचें और अपनी इम्यूनिटी हमेशा बूस्ट करके रखें थैंक यू गाइस, बाय लॉट्स ऑफ लव एंड स्टे सेफ